जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसे ही लॉज ऑफ लर्निंग है तो कोई भी चीज याद कब होगी उसके लिए समझो कि याद होती कब है, है।, right? तो है, है मतलब साइंस कहता है की आप मेंटली प्रिपेयर हो तभी आप कोई चीज लर्न कर पाओगे वरना नहीं तो अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल जैसे इनऑर्गेनिक की क्लास होने वाली है तो मेंटली प्रिपेयर हो की हाँ भाई एक्सेप्शन आएंगे बहुत सारी चीजें लर्निंग वाली आ जाएंगी तो ये आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी है दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाह रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के वो लर्न होगी ही नहीं अगर कोई इक्वेशन है कोई फॉर्मूला है तो निमेरिकल प्रैक्टिस करो अगर कोई थ्योरी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लेकिन प्रैक्टिस के बिना लर्निंग नहीं होगी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है द लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब अगर कुछ चीज याद करके आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो मतलब आपके दिमाग ने उसको एब्जॉर्ब किया ही नहीं उसको दोबारा